दर्शकों नमस्कार माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे रूप का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए दिनांक 7 अप्रैल 2019 दिन रविवार का दैनिक राशिफल क्या होगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे पंचांग पर दृष्टि डालेंगे और एक बात और बताना चाहेंगे कि जो भी दर्शक मध्य प्रदेश से हैं तो दिनांक उन्नीस बीस इक्कीस तीन दिन हमारा जो है मध्य प्रदेश आगमन है तो यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग आकर के मिल सकते हैं चलिए दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डालते हैं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके चुकी बनाया गया है विक्रम अभी तक तो 2075 चल रहा था लेकिन अब दो हो गया जो संवत्सर है पहले विरोधकृत नामक हम बोलते थे ना अब परिधावी संवत्सर है सख संबत्नीस सौ उत्तरायण है बसंत ऋतु है चैत मास है शुक्ल पक्ष चल रहा है दर्शकों और आज जो तिथि रहेगी ये रहेगी द्वितीया तिथि और इसके उपरांत सोलह बजकर दो मिनट के बाद जो तिथि लग जाएगी वो लग जाएगी तृतीया जो है तिथि नक्षत्र रहेगा अश्विनी इसके उपरांत भरणी नक्षत्र रहेगा योग रहेगा विश्कुंभ इसके उपरांत प्रीति योग रहेगा कर रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो इसके उपरांत तैतिल करड़ रहेगा चंद्रदेव का जो आज गोचर रहेगा चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो प्रातः छः बजकर तेरह मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त की बात करें तो शाम 18 बजकर 37 मिनट पर सूर्यास्त होगा राहु काल की बात करते हैं तो रविवार का जो राहु काल रहता है शाम को साढ़े चार से लेकर के छह बजे तक राहु काल रहता है शुभ कार्यों को करना होगा तो 12 बजकर 28 मिनट से 12 बजकर बावन मिनट के मध्य आप कर लीजिएगा रविवार को यदि हम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि आवश्यक हो गया करना यात्रा तो कोशिश कीजिएगा कि पहले पूरब की तरफ आप पाँच कदम चलिए फिर पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करिएगा एक बात और बताना चाहेंगे यात्रा करने से पहले पान खा करके घी खा करके अथवा थोड़ा सा गुड़ खा करके आप यात्रा कर सकते हैं प्रस्थान निकाल के रख दीजिएगा उसके बाद यात्रा करिएगा दर्शकों पूर्व में हमने बताया था कल भी आपको बताए थे राशिफल में कि जो द्वितीय तिथि रहती है द्वितीय तिथि में कटेरी का फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए न इनका दान देना चाहिए इसी प्रकार जो तृतीय तिथि रहती है शाम को लग जाएगी चार बजे के बाद तो नमक का दान करना और नमक का भक्षण करना कोशिश कीजिएगा रात्रि में नमक का सेवन ही मत करिएगा तो इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हैं हमारी राशि चक्र की पहली राशि आती है एरीस अर्थात मेष राशि तो मेष राशि के जो जातक रहेंगे आज दिन के आरंभिक भाग में आपको किसी शुभ समाचार से जो है सुनने को मिलेगा परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा कार्य व्यवसाय में आज सोची हुई योजनाएं कुछ विलंब से पूर्ण होती हुई नजर आएंगी आज किया गया किसी से वादा आज आप निभाने में असमर्थ रहेंगे आर्थिक रूप से आज का दिन कम लाभवारा रहेगा खर्च अधिक रहेगा धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य रहेगी बढ़ चढ़ करके आज आप हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे शाम के समय आज, आज आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट या कोई वाहन क्रय करते हुए नजर आ रहे हैं अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर की आपके बात करें तो रेड कलर आज के लिए शुभ रहेगा शुभ अंक आपका रहेगा अंक एक हमारी राशि चक्र की दूसरी राशि आती है वृषभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आपके सितारे तो आज का दिन जो है पूर्वाध में आप भविष्य को लेकर के चिंतित रहेंगे कुछ अज्ञात भय आपके मन के अंदर रहेगा आज मानसिक चंचलता आपको चलने आगे नहीं देगी कार व्यवसाय की स्थिति भी गंभीर रहेगी लाभ के अवसर आएंगे लेकिन हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं आज आपकी मानसिकता कम समय में अधिक गेन करने की है धन कमाने की है तो इससे आपको बचना रहेगा किसी भी प्रकार की आज हानि मत कर लीजिएगा अधिक कमाने के चक्कर में कोशिश कीजिएगा पेशेंस रखिएगा दोपहर बाद का समय आपका ठीक रहेगा महिलाएं आज किसी के ऊपर लड़ झगड़ सकती हैं तो आज आप अपने पति से लड़ सकती हैं या परिवार में किसी से आपका मतभेद हो, हो सकता है भाई बहनों में मतभेद हो सकता है धन की आमद आज न्यून रहेगी उपाय आज का दिन शुभ बनाने के लिए आपको करना क्या रहेगा तो आज दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो श्री मंत्र का मानसिक जप करिए धन संबंधी कुछ जो दिक्कत आ रही है ये दूर होगी शुभ कलर की यदि हम आप के बात करें तो अंक माफ करिएगा शुभ कलर की बात करें तो आज आपके लिए श्वेत अर्थात सफेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा अब हम बढ़ते हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों में निष्पक्ष फैसले आज आप करते हुए नजर आएंगे आज आपकी आपके आपके ऑफिस में में या आपके घर सम्मानजनक रहेगी परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदारों के साथ किसी महत्वपूर्ण बैठक में और कार्यों में भाग लेते नजर आएंगे कार्य व्यवसाय सुव्यवस्थित रूप से चलेगा धन लाभ आशाजनक रहेगा महिलाओं को मनपसंद वस्तु मिलेगी आज आप स्वयं के कार्यों के साथ ही परिचितों के कार्यों में भी सहयोग करेंगे घर एवं बाहर के लोग आज आपकी प्रशंसा अवश्य करेंगे सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहेगा संतान का सुख प्राप्त होता हुआ उत्तम नजर आ रहा है उपाय क्या करना रहेगा आज मिथुन राशि के जातकों को तो मिथुन राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा आज गणेश जी को आप लोगों को दुर्बा चढ़ाना रहेगा और गौरी जी की आज आपको आराधना करनी है एक मंत्र है दुर्गा सप्तती में है या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपे अनुसंस्थितम नमस्त्यय नमस्तष्य नमस्त नमो नमः इस मंत्र की 108 बार आप लोग माला जपिए और शुभ कलर की यदि आज हम आपके बात करें तो आपके लिए पिंक कलर शुभ रहेगा अंक साथ आपका शुभ अंक रहेगा चलते हैं कर्क राशि की ओर कैंसर की ओर कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन राहत भरा रहेगा पिछले दिनों चली आ रही कुछ मानसिक परेशानियों में आज कमी आती हुई दिख रही धार्मिक गतिविधियों में आज जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होता हुआ जो है दिख रहा कार्य व्यवसाय के सिलसिले में मध्यान्ह तक दौड़ धूप परिश्रम करना पड़ेगा इसके बाद लाभ की संभावनाएं बनी रहेगी धन लाभ आज निश्चित नहीं रहेगा थोड़ा थोड़ा धन आएगा हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में थोड़े से आज, आज आप असहज रह सकते हैं आज महिलाओं का जो व्यवहार रहेगा रहे रहे आपके, आपके, आपके मन में कोई पीड़ा होगी आपका बजट असंतुलित होता हुआ दिख रहा है उपाय क्या करना है कर्क राशि के जातकों को कर्क राशि के जातकों आज शिवलिंग पर आपको दूध से अभिषेक करना रहेगा और द्राष्टक के पाठ से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए श्वेत सफेद रंग शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पाँच आज आपका शुभ अंक रहेगा लियो की ओर बढ़ते हैं सिंह राशि और आज का दिन आपके लिए जो सिंह राशि के जातकों हैं आनंददायक रहेगा फिजुल बयानबाजी से आज आपको बचना वाड़ी पर संयम रखना है आज आपके मन में कुछ अहम की भावना आएगी ये आपके लिए बड़ी हानिकारक स्थिति रहेगी आज आपको कोई आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आर्थिक मामलों की यदि हम बात करें तो आज का दिन बहुत उत्तम रहेगा पूर्व में किए गए निवेश से भी आज, आज आपको लाभ मिलेगा और पुराना यदि तो कोई किसी की देनदारी बकायेदारी भी है तो आज उसको आप चुकाते हुए और आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा शाम के समय घरेलू खर्च के साथ आज आप अपने मौज मस्ती पर खर्च करेंगे और अच्छा सुख आज आप भोगेंगे महिलाओं के साथ धर्म पत्नी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने कहीं बाहर जा सकते हैं सिंह राशि के जात को आज उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा सप्तती के तृतीय अध्याय का तीसरे अध्याय का आप लोग पाठ करिएगा और यदि हो सके तो किसी महिला को आज कुछ आपको मीठा भोजन जरूर कराना है या कोई मिठाई आपको गिफ्ट करनी है और शुभ कलर की आपके हम बात कर लेते हैं तो आज के लिए आपका जो कलर रहेगा ये भगवा कलर शुभ रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक एक हमारी राशि चक्र में अगली राशि आती सिंह के बाद ये आती है कन्या राशि कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन जो कन्या राशि के जातक रहेंगे पूर्वाद लाभदायक रहेगा और मध्याह्न की स्थिति विपरीत होने लगेगी अचानक आपके जो है स्वास्थ्य में गिरावट आती हुई दिख रही है व्यवसाय वर्ग भी आज स्टार्टिंग में अच्छा गेन करेंगे लेकिन लास्ट में इनको कुछ नुकसान होता हुआ नजर आएगा आर्थिक लाभ के लिए आज कुछ इंतजार करना पड़ेगा शाम के समय अनर्गल कार्यों में आपका खर्च होता हुआ पैसा दिख रहा है महिलाएं जो रहेंगी इनके आज शरीर में जो है न्यूरो से रिलेटेड नसों से संबंधित कोई विकार आ सकती है और आज यात्रा का यदि मन बना रहे हैं तो फिलहाल स्थगित कर दें तो यही बेहतर रहेगा अन्यथा बड़ी दिक्कत होगी यात्राओं में उपाय क्या करना रहेगा उपाय के तौर पर आज हम बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष में आप जाइए और जल चढ़ा करके आइए और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर की आपके बात करें तो हरा रंग शुभ रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक छः तुला राशि की ओर चलते हैं लिब्रा की ओर चलते हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभ के अवसर लाएगा लेकिन आलस्य के कारण प्रमाद के कारण ये अवसर अन्य किसी के हाथ लग सकते हैं दिन का आरंभ सुस्ती से होगा प्रत्येक कार्य आज आपकी धीमी गति से प्रारंभ होते हुए नजर आएंगे आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा अन्यथा चोट चपेट लग सकती है वाड़ी पर अपने आज, आज आपको संयम रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा आज आप किसी से बात विवाद या झगड़ा करते हुए नजर आएंगे आज जीवनसाथी के साथ भी वैचारिक मतभेद आपका जो है उभर कर सामने आएगा धन लाभ के लिए आज आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा एक बात और बताना चाहेंगे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं अधिकारी वर्ग से आज आप बात मनवाने के लिए उनके ऊपर आप कोई प्रेशर देते हुए नजर आएंगे ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृषभ राशि के जातकों को तो कोशिश कीजिएगा कि ये माफ करिएगा तुला राशि के जातकों को कोशिश ये करना रहेगा तुला राशि के जो जातक हैं कि आज ब्लैक कलर से जितना अवॉइड करें उतना ठीक है और खाने में आज नमक का सेवन ना करें ठीक रहेगा आपके लिए शुभ कलर की आज आपके हम बात करें तो वाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्लैक कलर से दूरी बना लीजिएगा अंक दो आपका आज के लिए शुभ अंक रहेगा वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं तो दिन के पहले भाग में आज आप अपनी सोची हुई योजनाएँ पूर्ण कर सकते हैं आज आपके ऊपर आलस हावी होगा परिवार का वातावरण भी प्रातः काल में शांत बना रहेगा में परिस्थिति कुछ प्रतिकूल होने लगेंगे आधे पूर्ण हो चुके कार्य किसी कार्य से अधूरे रह जाएंगे जिस भी कार्य को आरंभ करने का आज आप मन बनाएंगे वो आज आपको हानि कराता हुआ नजर आएगा स्वयं का काम छोड़ अन्य लोगों के कार्य में रुचि लेंगे किसी के झगड़े में टांग ना आए अन्यथा आपके ऊपर मान हानि हो सकती है आर्थिक पक्ष को लेकर के आज आप बेपरवाह ज्यादा रहेंगे आज शारीरिक स्फूर्ति कम रहेगी उपाय क्या करना रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों को वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको कोशिश करना रहेगा कि आज दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो आज देवी जी को आप लोग सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाए शुभ कलर की बात कर लेते हैं तो रेड कलर आपका शुभ कलर रहेगा ऑरेंज कलर आपका शुभ कलर रहेगा पिंक कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक आठ और अंक एक आज आपके शुभ अंक रहेंगे हमारे जो अगली राशि आती है ये आती है धनु राशि सजिटेरियन तो आज के दिन आप अपनी बुद्धिमानी का सही जगह इस्तेमाल करेंगे अपने विवेक के चलते आज आप बहुत कुछ गेन करते हुए नजर आएंगे आज आप धन से ज्यादा व्यवहार को महत्व तो देते हुए नजर आएंगे नौकरी पेशा वर्गो को काम के सिलसिले में आज यात्राओं का योग बन रहा है व्यवसायी वर्ग आज अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं कोई नया वाहन क्रय करते हुए आज नजर आएंगे बस आज आपको किसी से बहस नहीं करनी है बहस से बचकर रहना है आर्थिक उलझन वाला दिन आज मध्यान्ह तक रहेगा शाम तक की स्थितियाँ आपकी फिर अनुकूल होती हुई दिख रही है शाम को कुछ अकस्मात होता हुआ भी दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या तो श्री मंत्र का आप लोग जाप करिए शुभ कलर की ओर आ जाते हैं तो आज आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की ओर आ जाते हैं तो अंक साथ आज, आज आपका शुभ अंक रहेगा हमारी राशि चक्र में अगली राशि आती मकर अर्थात कैप्रिकॉन् कैप्रिकॉन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज का दिन जो रहेगा ये आरंभ में अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की जल्दबाजी के लिए हितकर रहेगा मध्याह्न के बाद जल्दबाजी मत करिएगा अन्यथा नुकसान उठा जाएंगे आज प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आकर के कोई नए टास्क कोई नया आपको जो है प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है आज ससुराल पक्ष से कुछ आपके जो है संबंध जो रहेंगे खटास भरे रहेंगे स्वभाव में आज व्यवहारिकता आपको रखना अत्यंत आवश्यक है सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में आज कुछ अरुचि आपकी रहेगी कार्य पर आज सहकर्मी अथवा नौकरों की गतिविधियों पर आज आपको नजर रखना रहेगा शाम के समय आज आपको कुछ डिप्रेशन रहेगा तो इससे आपको बच के रहना रहेगा मकर राशि के जातकों उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर आज बताना चाहेंगे कि सूर्य देव की आज, आज आप विशेष आराधना कीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का आप लोग तीन बार पाठ करिए शुभ कलर की आपके बात करें तो आपके लिए आज जो है ब्लैक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक चार कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा है आज का दिन तो आज के दिन आपको अन्य दिनों की अपेक्षा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आज आप शीघ्र ही अपने कार्यों में जुट जाएंगे मध्याह्न के बाद परिश्रम का फल लाभ के रूप में देखने को मिलेगा शाम तक आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी पुराने उधार आज आप चुकाते हुए नजर आएंगे जिससे कुछ मन में राहत रहेगी महिला वर्ग जो रहेंगे ये आज आपका बजट असंतुलित कर सकते हैं आप चाहे प्यार के प्रेम संबंधों में हो चाहे पत्नी हो आज इनकी डिमांड पूरा करने के चक्कर में आपकी जेब बहुत हल्की होती हुई नजर आएगी पारिवारिक वातावरण में कुछ छोटे बहुत एलिगेशन रहेंगे और वैचारिक मतभेद रहेगा संतान के ऊपर भी आज आपका खर्च अधिक होगा इसलिए आज वित्तीय स्थिति आपकी बड़ाडोल होती हुई नजर आ रही घर के बुजुर्ग अथवा महिलाओं से आज आप लोगों को जुबान निजिभा संभाल कर बात करनी रहेगी कुंभ राशि के जात उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज दुर्गा सप्तशती के दसम अध्याय का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो धन चूंकि आपका आज बजट असंतुलित होता हुआ दिख रहा है तो या देवी सर्वभूतेश्वर लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तय नमस्तय नमस्त्यय नमो नमः इस मंत्र की एक सौ बार माला का जाप करिए और पूरे दिन मानसिक रूप से श्री मंत्र का जाप करिए शुभ की आज हम आपके बात करें तो स्काई ब्लू कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा कोरल ब्लू कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा हमारी राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि पर आते हैं लेकिन दर्शकों यदि अभी तक देखिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए बगल में बना जो बेल आइकन है इसको आप लोग जरूर दबाइए हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहे जो है निर्विघ्न रूप से पहुंचती रहे तो इसका दायित्व तो आपका भी है और हमारे जितने सम्मानित दर्शक हैं आप लोगों को पुनः बताना चाहते हैं कि उन्नीस बीस इक्कीस तारीख को इंदौर और उज्जैन में हमारा प्रवास हो रहा है तो आप लोग भी यदि अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत रहेगा मीन राशि के जात को आज का दिन परिश्रम भरा रहेगा घर में किसी आयोजन को लेकर व्यस्तता बढ़ेगी व्यवसायिक कार्य भी होने पर आज अतिरिक्त भागादौड़ी रहेगी आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा धन लाभ के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आज आपके स्वभाव में थोड़ी उदंडता रहेगी चंचलता रहेगी आज आज आज के के के साथ विवाद किसी को लेकर हो सकता है है स्थल पर भी आज आपके मन अनुरूप काम नहीं होगा तो आज थोड़ी बहुत जो है, जो स्वभाव रहेगा स्वभाव आपका रूखा रहेगा नौकरी वाले जो जातक रहेंगे अधिकारी एवं सहकर्मियों के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने से परेशान रहेंगे महिलाएं अपना काम किसी और के ऊपर छोड़कर पछताएंगी तो किसी के ऊपर अपना कोई दायित्व मत दीजिएगा का काम मत छोड़िएगा यात्राओं का योग बन रहा है उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए दूसरा एक प्रयोग और बताना चाहेंगे कि दुर्गा सप्तशती के आज आप लोग छठे अध्याय का पाठ करिए तो ये तो था दर्शकों हमारा मे से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल शुभ कलर बता देते मीन राशि के जातकों को तो आज आपके लिए वाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक छः तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हाँ दर्शकों सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए अपने ज्योतिष भाई मित्र को ही जाकर तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत